हाँ दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि या आप अपना पेन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर कोई न्यू पेन कार्ड अप्लाई किया उसका पैन कार्ड नहीं मिला है और उसे किसी डॉक्यूमेंट में अपना पैन कार्ड अटैच कराना है तो भी वो अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकता है या किसी का पेन कार्ड गुम हो गया है तो वो भी अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकता है तो चलिए फटाफट बताते हैं इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ई पेन कार्ड डाउनलोड ई पेन कार्ड डाउनलोड के ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया है डाउनलोड ई पेन कार्ड एन एस डी का ऑप्शन आ गया है और फैसिलिटी फॉर डाउनलोडेड ऑफ ई पेन कार्ड इस पर दो कंपनी जो पेन कार्ड बनाती है आप अपने पेन कार्ड के पीछे देख सकते हैं या न्यू पेन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरा उस पर भी आप पीछे देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने आपका पेन कार्ड बनाया तो मेरे यहाँ पे पेन कार्ड के बाइक में लिखा इनकम टैक्स पेन सर्विस यूनिट एन एस डी ये कंपनी ने बनाया तो मैं ये ऑप्शन पे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं इस पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये पहले ऑप्शन पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा थोड़ा देख सकते आप आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आप यहाँ पर देख सकते पेन कार्ड नंबर आपको डालना है आधार कार्ड नंबर डालना है और जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ वो डालना है और ईयर डालना है कौन से ईयर में और जीएसटी एस टी यहाँ पर जी नंबर डालना अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप न्यू आधार कार्ड अप्लाई किए तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना अगर न्यू पेन कार्ड आप अप्लाई किए तो उसके बाद चलो फटाफट फिल कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए तो इसे फिल कर लेते हैं ये मैं सेलेक्ट कर लिया अपना पैन कार्ड नंबर डाल लिया आपको याद रखना अपना पैन कार्ड नंबर कैपिटल अच्छर में ही लिखें और अपना आधार कार्ड नंबर डाल लिया और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लिया और यहाँ पर देख सकते हैं मैं ये पेन कार्ड का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास पेन कार्ड है ऑलरेडी तो मैं ये अगर किसी के पास गुम हो गया तो ये डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद आप ये देख सकते हैं अगर जी है आपके पास डालें तो कोई नहीं ये आपको एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पर गुड अब कैप्चा आपको डाल लेना जैसा यहाँ पे सेम कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है अगर कैपिटल है तो कैपिटल में डालना है स्मॉल है तो स्मॉल में डालना है कैपिटल तो चलो कैप्चा डाल लेते हैं कैप्चा डालने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो सबमिट ये मैं कर देता हूँ सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके एक वेरीफिकेशन नंबर पर आपको मोबाइल नंबर पे ये देखो ये मोबाइल नंबर पे एक ओ जाएगा अगर यहाँ पे आप अपने मेल पे ओ भेजना चाहते हो तो मेल का ऑप्शन पे सलेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे आप अपना ओ सेंड करना चाहते हो तो मोबाइल पे दोनों पे करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं तो मैं सिर्फ मोबाइल अपना करना चाहता हूँ तो मोबाइल के ऑप्शन पर ये वाला टिक कर लेता हूँ वहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेना आपको और जनरेट ओ का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं कर लेते हैं जनरेट ओ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ हैज़ बीन सेंड योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ये ये दस मिनट के अंदर आपके देख, देख सकते हैं आप ओ आ गया चलो ओ पी फिल कर लेते हैं थ्री नाइन फोर टू थ्री नाइन फोर टू थ्री नाइन फोर टू ये डालने के बाद आपको वेलिडिटी सबमिट कर देना है यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद आपके यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा तो चेक कंटिन्यू विद पेड इन पे डाउनलोड फैसिलिटी का ऑप्शन पे क्लिक करना है ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है देख सकते हैं आप मोड ऑफ़ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पे आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट पेटीएम से कर सकते हैं या अदर फैसिलिटी के लिए कर सकते हैं तो मैं ये और ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ ये क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप पेन कार्ड का जो चार्ज है वो सिर्फ पर एट रुपी ट्वेंटी सिक्स पैसे ये आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको सिर्फ चार्ज लगेगा एट रुपी ट्वेंटी सिक्स प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ये एग्री कर लेना आपको एग्री करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो आधार का ट्रांजेक्शन ये आपको जो चार्ज लग रहा है एट रुपीज़ ट्वेंटी सिक्स पैसे तो कंफर्म पे क्लिक करना है कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपके सामने कुछ ऐसा भी इंटरफेस आएगा आप देख सकते हैं पेमेंट अमाउंट है जो एट रुपीज़ ट्वेंटी सिक्स पैन पैसे है क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड से पे कर सकते नेट बैंकिंग से पे, पे कर सकते हैं वैलेट एंड कैश कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं क्यू कोड से भी कर सकते हैं यूपीआई से भी कर सकते हैं तो आपको जो भी आपको फैसिलिटी अच्छी लगती है आप उससे पेमेंट कर सकते हैं या तो चलिए मैं डेबिट कार्ड कर लेता हूं सेलेक्ट डेबिट कार्ड करने के बाद पे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना है वहाँ पे आपका मंथ एक्सपायरी डेट लिखना है मंथ और ईयर आपको वहाँ पर सी वी वी नंबर लिखना है इंटरकॉल होल्ड नेम लिखना है पेमेंट के मेथड पर क्लिक कर देना